डॉक्टर ने पैदल चलने के लिए बोला क्योंकि मेरे बाल बहुत, थे। बहुत क्लीनिक प्लस लगा हुआ कितने पैकेट लगेंगे पांच पैकेट पांच पाँच, पाँच।, पाँच रुपए नहीं है मेरे पास चार रुपए मिला ला देती हूँ चार तेरा ड्र ठीक नहीं हो सकता भाई तुमने बोला था डेंड्रप ठीक नहीं हो सकता तो मैंने बाल पूरे कटवा है